अजवा स्केट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यू, यूजर इंटरफेसिस यूजर इंटरफेसिस UI क्या होता है यूज़र इंटरफेस होता है आ, फ्रंट एंड तो रिएक्ट से बैक एंड की कोडिंग नहीं हो सकती बिल्कुल भी फ्रंट एंड की कोडिंग हो सकती है तो हम क्या करते थे सारा का सारा कोड रिएक्ट में लिख देते थे उसके कारण क्या होता था और बैक एंड से पहली रिक्वेस्ट जब जाती थी ना वो सारा का सारा पूरी वेबसाइट उठा के ले आते थी और एक तरह से हमारी वेबसाइट पे फिर पहली रिक्वेस्ट ज़्यादा टाइम लेती थी उसके बाद सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट रिएक्ट हैंडल करता था तो ऐसा लगता था कि पूरा फ्रंट एंड चल रहा है इसमें भी हमारे को राउटर वगैरह इंस्टॉल करने के बाद मेन प्रॉब्लम जो हमने इसमें फेस करी जो कम्यूनिटी को लगी उस चीज़ के कारण नेक्स्ट ये डेवलप हुआ कि ये जो रिएक्ट में लिखा हुआ कोड है ना वो जब वो जब एक बंडल बन जाता है ना ऐसे समझ जब पूरी वेबसाइट का कोड हम कर लेते हैं ना तो एक बंडल बनता है उस बंडल में हमारी सी फाइल्स डॉट जे फाइल्स डॉट आई एम डॉट पी डॉट फॉन्ट जितनी भी ये सब है जो हम यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट में ये सारी वो एक सिंगल बंडल में कंटेन होती है तो अब लेट सपोज़ मेरी वेबसाइट का नाम है दर्शन डॉट एस तो जब मैं अपनी वेबसाइट पे दर्शन लिखूंगा जो पहली रिक्वेस्ट सबसे फर्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी वो निकलेगी हमारे कंप्यूटर से जाएगी आईएसपी आईएसपी से डीएनएस डीएनएस पी से उसको मेरा आईपी एड्रेस पता चल जाएगा और वो आईपी एड्रेस और वो डिपेंड करता है कि डेटा सेंटर वो वाला मैंने अब यूज़ कर रखा है दर्शन के लिए वो तो स्टैटिक है हाँ नॉर्मली क्या होगा वो जाती डीएनएस डी को आईपी पी एड्रेस पता चलता और, और उसके बाद वहां से जहां का डेटा सेंटर यानी सर्वर है वो पूरा बंडल उठा के लिया था अब वो जब पूरा बंडल उठा के लिया था तो गूगल क्रोम उस बंडल को एज अ वेबसाइट हमारे सामने रिप्रेजेंट करता भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ जो ये हम वेबसाइट देख रहे हैं ना ये बंडल है पूरा ये रेह की वेबसाइट रेट में लिखी गई है रेट का पूरा बंडल है अब हम कोई भी आगे इस पे क्लिक करेंगे ना, तो लोडिंग का साइन आया नहीं आया ना तुरंत एक सेकंड भी नहीं लगाओगे एक मिली सेकेंड भी नहीं लगा होगा, तुरंत खुल गया ना लेकिन है ना? तो ये क्या बता रहा है ये ट्यूटोरियल जो है ना ट्यूटोरियल ये ये बैकेंड से ये ट्यूटोरियल पर जब मैंने क्लिक किया ये बैक से नहीं आ रहा ये फ्रंट एंड पे ही चल रहा है ये सारा कोड फ्रंट एंड पे ये देख उसके बाद सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट पे एक मिलीसेकंड का भी टाइम नहीं लगता है ना तभी तो रिएक्ट फेमस है इसलिए रिएक्ट फेमस है तो ऐसे अब ऐसी वेबसाइट्स जो होती थी उनको हम कहते थे सिंगल पेज एप्स स्पा एस सिंगल पेज एप्लीकेशंस तो ये क्या एक सिंगल पेज ही है हमारे को बस आ, ऐसा अपीयर होता है कि हमारी वेबसाइट बैकएंड और फ्रंटएंड दोनों है हालांकि बैकएंड में बस एक ही रिक्वेस्ट जाती है और एक ही पहली वाली रिक्वेस्ट जो ये बंडल उठा के लाती है फिर गूगल क्रोम उस बंडल को रेंडर कर देता है हमारे लिए और सब कुछ चल पड़ता है फिर उसके बाद में किसी भी टैप पे चले जाऊँ ये बैकहेंड में रिक्वेस्ट नहीं जारी होती पर जनरली कंसेप्ट क्या था कंसेप्ट यही था कि सबसे पहले आ, इससे पहले जो वेब एप्लीकेशन यूज होती थी उसमें एक बटन होता था बटन के क्लिक पे हमेशा जो वेबसाइट है ना वो बैकएंड को रिक्वेस्ट मारती थी इन्फॉर्मेशन फेच कराने के लिए फिर उसके बाद हुआ रिएक्ट का जन्म रिएक्ट का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट्स को ऐसा लगे कि सर्वर हमारे बहुत नज़दीक है या फिर ए, एक ही पहली रिक्वेस्ट में सारे वेबसाइट का कंटेंट उ, उठा के ले आती उससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ मुझे क्या मिला बताओ उससे मेरा क्या फायदा मुझे क्या मिल रहा है होगा होगा फ़ायदा भी होगा चलो देखते हैं कैसे फायदा होगा ठीक है तो उससे क्या पेयर होगा पहली रिक्वेस्ट में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बंडल डॉट जे उसका साइज थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन उसके बाद जितने भी बटन हैं मैं उन पे क्लिक करूँगा तो ऐसा लगेगा कि आ, रिक्वेस्ट बैकेंड पर नहीं जा रही नहीं चाहता मेरे यूज़र को उसको वेट करना पड़े पहली रिक्वेस्ट के लिए भी तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं उस बंडल का साइज थोड़ा कम कर सकते हैं है ना और या फिर ये भी डिसाइड खुद कर सकते हैं कि इस वाले बटन पे बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाए बाकी सारे बटन फ्रंटएंड पे ही रेंडर हो फ्रंटएंड से ही काम चला ले तो तो यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का जन्म हुआ इसने सर्वर का कोड भी लिखने को दिया तो ये नेक्स्ट जे की कहानी नेक्स्ट स्टेप्स एक और जो बड़ी प्रॉब्लम थी ना रिएक्ट में जो वेबसाइट हम बनाते थे तो सारा का सारा कोड हम पहली रिक्वेस्ट में ही क्लाइंट को सेंड कर देते थे तो उससे क्या होता था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाती थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है कि गूगल पे आपकी वेबसाइट की रैंक ऊपर आ रही है